सो हेलो एवरीबडी कैसे आप सब आई होप अच्छे ही होंगे मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हमारे गाजियाबाद की पी जो सोसाइटियाँ होती हैं कर्मचारियों की वो किस टाइप की बनी हुई है